आज मैं आपको इंडियन आर्मी कार्ड फ्रॉड के बारे में बताऊंगा। सपोज कि आपको एक प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है तो आपको एक कॉल आएगा और वो अपने आपको इंडियन आर्मी ऑफिस से बताएँगे जैसे आप उनको रेंट और डिपॉजिट बोलेंगे, वो एग्री हो जाएंगे और बोलेंगे कि मैं आपको डिपॉजिट गूगल पे से करूँगा आप उन्हें जैसे अपना नंबर दोगे वो बताएँगे कि आपको दस मिनट में आर्मी ऑफिस से फ़ोन आएगा आपको दस मिनट फोन आता है और वो बता दें कि आपको इंडियन आर्मी कार्ड से पेमेंट होगा जिसमें कि आपको पहले सपोज़ कि आपका डिपॉजिट 20,000 है तो आपको 20,000 उन्हें पे करना होगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन आर्मी कार्ड्स आपको 40,000 रिसीव होगा और इस तरह से जैसे आप उनको 20,000 पे करोगे वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हो जाएंगे इस तरह से वो बहुत बड़े स्कैम एक फ्रॉड करेंगे आपके साथ में और ना ही वो इंडियन आर्मी ऑफिसर है वो एक बहुत बड़े फ्रॉड पर्सन है सो डोंट ट्रस्ट एनी बी अवेयर